हैज़ hey आप सब कैसे हैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे ब्लॉगिंग शुरू करने से पहले बता दूँ कि मैं दिल्ली से हूँ मैंने ग्रेजुएशन की हुई है वैसे मैं पैदा कानपुर में हुआ था लेकिन प्रॉपर अब दिल्ली में रहते हैं और कौन कहता है कि दिल्ली में सिर्फ पॉल्यूशन है दिल्ली में देखिए हरियाली भी है प्लीज़ आप देखिए मेरे पीछे डेली में हरियाली भी है ऐसा नहीं है पर गाँव की बात ही अलग होती है गाँव डिफरेंट है गाँव का मज़ा ही कुछ और है तो ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है मुझे पता नहीं कैसे करना है कुछ भी समझ नहीं आ रहा बस है बस वीडियो बन रहा है बस सुबह से लगा पड़ा हूँ कि बने ठीक बने ठीक बने ठीक बने बस बना दिए अब कैसे भी देखेंगे क्या करते हैं आगे बस वीडियो बन रही है और आज कर तो आप सपोर्ट करेंगे तो इससे बहुत बेटर वीडियो आएंगी आगे चल के मुझे पता है मेरे अंदर बहुत टैलेंट है और मैं आगे कर सकता हूँ जब हम अपने काम से बोर हो जाते हैं कुछ ट्विश नहीं रह जाता ज़िंदगी में तो रास्ते बदलने पड़ते हैं तो मैंने वही ब्लॉगिंग शुरू करी है अब तो रास्ता बदल रहा हूँ शायद इससे मैं कुछ दूसरे मोड पे जाऊँ बस ये चाहता हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें और आगे बढ़ाएँ ताकि मैं आगे और भी वीडियोस ब्लॉग ला सकूँ आपको एंटरटेन कर सकूँ देखिए सारे ब्लाग जो भी हो वीडियो वीडियो बनाते हैं जो भी कुछ भी करते हैं सब कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन और के लिए होता है तो नॉलेज के लिए होता है तो वैसे ही हम भी अपने लाइफ की कुछ बातें शेयर करेंगे सो गाइज़ लास्ट में मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप मुझे पूरा सपोर्ट कीजिए अपना प्यार बरसाइए क्योंकि आपके सपोर्ट से पता नहीं क्या बदल जाए तो गाइज़ अब विदा लेते हैं ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है प्लीज़